गलती क्या था पुलिस को इजाजत है अगर अपने हक के लिए आवाज उठाए तो गोली मार दो आ? इस्लाम जिंदाबाद इस्लाम जिंदाबाद इस्लाम जिंदाबाद बोल देने पे पुलिस को हक है गोली मार दे हक है हक है गोली मार दे किसने उसे हक दिया सरकार कहा सोई भी? कहा सरकार सोई है सरकार क्यों सोई है अभी क्यों नहीं आवाज़ उठा रही है सरकार इस्लाम जिंदाबाद था इस्लाम जिंदाबाद है और इस्लाम जिंदाबाद कल भी रहेगा इसे सरकार या दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकते नहीं रोक सकती मेरा 16 साल का बच्चा मेरा छोटा सा बच्चा अपने इस्लाम के लिए शहीद हुआ है इस माँ को फकर है इस माँ को फकर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो अपनी जान को दिया है उसने शहीद उस जगह को पाया है मुझे कोई गम नहीं मुझे कोई गम नहीं और काफ़िर जिसने मारा है उसे सजा मिलनी चाहिए सरकार को ये बात एकदम सुना दीजिए आप लोग इस माँ का दिल बहुत जल रहा है बहुत जल रहा है इस माँ का दिल